आज की क्लास में हम गोहेल जी के साथ एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम आपके साथ बात करेंगे डी डी लुकअप लुकअप के बारे में आईडी वन है क्लिक किया यहाँ पूजा आ गया टू तो किया यहाँ पे आपका मोहन आ गया कैसे आता है किस तरह से आएगा तो इसी के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास एक डेटा है डेटा में आईडी है नेम है सिटी है अमाउंट okay. एक फॉर्म बनाना चाह, चाहता हूँ और फॉर्म पे हम चाहते हैं कि जो हम लिखें, मतलब कि कि हम टाइप करते मारते हमारा दूसरा प्रॉपर्टी आ जाता है उसी तरीके से मैं, मैं, मैं यहाँ चाहता हूं तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया जिसने मैं आईडी डालूंगा ठीक है yes. यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर आई डी और हम चाहते हैं कि यहां पे हम आईडी डालें और यहां नीचे जो है नीचे हमारा लेबल में चाहते हैं मेन तो यहां हम नेम हमने यूज नहीं होगा ए लेवल यूज़ नहीं होगा क्यों क्योंकि लेवल के ऊपर फंक्शन नहीं अप्लाई कर सकते हमें इसके लिए लेना होगा टेक्सट बॉक्स तो टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहां लिया जो कि यहां पे नेम शो करेगा यहां पर तो हमने कर दिया नहीं राइट फिर इसी को कॉपी करते हैं यहां पर या फिर दोबारा से ड्रैग कर देते हैं कॉपी नहीं होता है कंट्रोल प्लेस से कॉपी हो जाता है और यहाँ से हम खाते हैं और यहाँ पे सिटी और यहाँ पे हम सिटी और इसी में हम यहाँ पे ऑल्ब के साथ डिरेक्ट किया कॉपी कॉपी कर ना। ठीक है फॉर्मूला कैसे रहेगा तो सबसे पहले अरेज कर लेते हैं। उसके बार यहां, आई डी जो यहाँ पे तो अनोन दिख रहा है ना अनलॉन हाँ, को यहाँ नेम टेक्स जीरो के जगह पे हम दे देते हैं एफ आई डी मतलब कि फॉर्म पे आई राइट और यहाँ डेटा में हमारा एक, एक अलग ठीक है तो यहाँ हम फॉर्म पे आते हैं और यहाँ जो सिटी दिख रहा है आपको ये जो नेम है इसमें जाते हैं और यहाँ कंट्रोल सोर्स दिख रहा है में, कंट्रोल सोर्स में हम यहाँ पे डी का फॉर्मूला लगाते हैं करो सर जुंकर हाँ, कर कर दो मैं तो दी में एक्सप्रेशन डोमेन एंड फॉर्मुलाइटेरिया क्या चाहिए एक्सप्रेशन डोमेन एंड क्राइटेरिया का मतलब कि तो माने आप डेटा किस कॉलम का लाना चाहते हैं तो यहाँ इन्वर्टेड कमा में हमने लिख दिया सी नेम हमने क्या लिखा सी नेम इन्वर्टेड फॉर्मा लिखे लिखिएगा ठीक है बराबर है और फिर यहाँ पे हम कॉमा देते हैं और यहाँ देते हैं किसमें चाहिए तो हमें डेटा टेबल ने इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में हमें देना है हम्म अब आता है क्राइटेरिया क्या है तो क्राइटेरिया हमने बोला कि आईडी इक्वल टू इसके साथ कॉन्फेंट्रेट करके हमने यहाँ लिख दिया एफ आई ठीक है सर सर पीछे से आवाज आ रहा okay, okay. okay है ओके ओके ओके ओके करते इसमें कुछ मिसिंग है सर हाँ इसमें ब्राइक के कमे नहीं दिया ब्राइक मिसिंग है एंटर टेज किया ठीक है एक बार दिखा देता हूँ हाँ। हाँ। हम जूम में आते हैं ये हमारा फॉर्मूला है अब इसी अच्छा। फॉर्मूला को लेते हैं और हम सिटी में जाते हैं सिटी में यहां कंट्रोल सोर्स के ज़ूम में आते हैं और यहां भी कर देते हैं mm. ताकि तो mm. सब कुछ सेम है वापस इसमें आते हैं कंट्रोल सोर्स में जून यहाँ पे जून पे जाते हैं इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ सिटी के जगह पे लिखते हैं yeah, ठीक है फॉर्म को यहां क्लोज करते हैं फॉर्म टू या डी के नाम से हम सेव कर देते हैं इसको टी को ओपन करते हैं अब यहां पे एरर एरर दिख रहा है हाँ। अब जैसे मैंने वन डाला देखिए पूजा उन्हें इंजा गया टू डाला थ्री डाला आ गया सर ठीक है ठीक है सर अब यहाँ एरर आ रहा है के जगह पर मैं चाहता हूँ जो एक चीज है कि मैं इसको डिलीट ना कर सकूं यहाँ पे जो कर्सर कर्सर जा जा रहा है ना जा सके तो कर्सर ना जा सके इसके लिए हमने क्या किया एक एक को सिलेक्ट किया और इसी में हमारा इवेंट इवेंट आता है, है। अनएल के जगह पे नो एज के जगह पे नो का इसे और सामने वाला पर्सन स्पीक्सी तरह का एंट्री ना कर सके ठीक है पहला अब इसमें एक चीज और आता है कि मैं जो एरर आ रहा था एरर को रोकने के लिए हम यहां पे एक इस एरर का आता है। होता है नहीं हाँ, हाँ, इस एरर का इसमें, इसमें। आई आई इन इफ़ एरर का फिलहाल ठीक है तो यहाँ हम इसको सेव करते हैं, आप करते हैं। यहां पे किया, किया, किया, आ गया, किया, थ्री किया। तो जो भी नाम हम डालेंगे तो जैसे की आपको एक फॉर्म पे कई सारे जगहों से देखा कई सारे शीट से देखा लेना है राइट okay, okay. right. कई सारे टेबल से डेटा लेना है तो वहां पे आप डी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी okay. और सर एक दूसरा एक दूसरा चीज एक अच्छा तो आगे अच्छा अच्छा अगर वो जो करेगा तभी इसमें एंट्री होगा जी जी जी ओके ठीक है उप, खाली इधर लुकअप खाली लुकअप के हिसाब से